इस शहर से भी एक अजीब सा नाता बना है मेरा शायद क्योंकि मैं हूं प्यार है और सुकून भी है यहाँ ये शहर देखने तुम जरूर आना